सिंगरौली कांग्रेस नेता प्रवीण सिंह चौहान और अजय सिंह डब्बू सहित दर्जन भर नेता शनिवार को नेहरू चिकित्सालय जयंत पहुंचे, जहां मरीजों को सस्ती दर पर दवा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र को देखा तो वहां ताला लटका हुआ मिला प्रवीण सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का उद्देश्य था की आम जनता और गरीब जनता को सस्ते दर पर दवा मिल सके जिसके लिए अस्पताल प्रबंधन के द्वारा टेंडर कराया गया था लेकिन आज तक वह जन औषधि केंद्र नहीं खुला और लगातार ताला लटका हुआ है प्रवीण सिंह चौहान ने नेहरू चिकित्सालय के डॉक्टरों से संपर्क कर जानकारी चाही तो डॉक्टरों ने एक दूसरे को जिम्मेदार बताते हुए जानकारी देने में असमर्थता व्यक्त की प्रवीण सिंह ने कहा कि नेहरू चिकित्सालय में जहाँ लाखों की संख्या में लोग अपना इलाज कराने पहुंचते हैं वही प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में ताला लटका हुआ मिला है हमारी मांग आपके माध्यम से मैं बता भी देना चाहता हूं हूँ सर्वप्रथम हमारी मांग ये होगी कि जब से नेहरू बना है डेढ़ सौ बेड का अस्पताल है ये क्योंकि मैंने आपसे कहा कि जिले का संजीवनी है तो इसको ढाई सौ बेड का अस्पताल मिनिमम कम से कम किया जाए पहली मांग होगी हमारी दूसरी मांग ये होगी कि जो मात्र तीन मेडिकल स्टोर है जहां लंबी कतार लगी होती है एन के पास पर्याप्त लैंड है परिसर काफी बड़ा हुआ है कम से कम चार से पांच मेडिकल स्टोर के लिए दुकान और भी खोली जाए और क्राइटेरिया में क्राइटे सिंगरौली एनसीएल के द्वारा जो विस्थापित परिवार है उनके बच्चे जो फार्मासिस्ट करके बैठे हुए हैं डी फार्मा बी फार्मा पहली प्राथमिकता में उनको रखा जाए दूसरी प्राथमिकता में एनसीएल कर्मचारी कर्मचारियों के तमाम बच्चे है जो बी फार्मा और डी फार्मा करके बैठे इस इस तरीके से यदि बना करके दिया जाएगा तो ये जो मोनोपोली है जो बड़ी मछलियां यू कहने की अः सिंगरौली में लगातार जो उद्योगपति हैं वो सिंगरौली वासियों को शोषण कर रहे हैं ये शोषण होना बंद होगा ये मोनोपोली बंद होगी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 Join India's premier skill-based university Rabindranath Tagore University Aap dekh rahe hain Dakhal News